तो भाई स्वागत है भाई आज मेरी चैनल द मोस्ट गेमिंग भाई तो भाई ये वीडियो आपको तो पता ही पड़ गया किस टॉपिक है क्योंकि टाइटल देख लिया हुआ भाई आपको पता ही पड़ गया भाई किसके ऊपर है किस टॉपिक के ऊपर है भाई अगर आपको पता पड़ गया तो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ये जो वीडियो है ना आज है वाई का हैक कैसे करे मतलब पासवर्ड कैसे जाने किसी का भी भाई उसके ऊपर है भाई इतनी मस्त वीडियो भाई छोड़ना भाई और भाई याद रखना मैं जो भी कर रहा हूँ भाई बिल्कुल वैसा ही करना भाई इसकी मत करना भाई ओके भाई तो सबसे पहले विंडो में क्लिक कर देना है कमांड करने के बाद फर्स्ट पे है ना इसको ओपन कर देना है फुल स्क्रीन कर देना अब जो भी मैं सर्च कर रहा करा हूं उसको लिख देना है बस बस आपको जो भी बड़ है ना भाई बिल्कुल भी कुछ भी करना नहीं पर आप कहोगे गेमिंग भाई आपने तो फेक दिखाते भाई नहीं भाई बिल्कुल भी आपको ब, बिल्कुल जैसा लिखा वैसा करना भाई सिंपली आपको बिल्कुल स्किप नहीं करती ठीक है अब चलो सर्च करते हैं अपन इधर नेट एस एच बिलोफाइल अब जो भाई जो भी नाम है ना भाई आपके वाईफाई फाई को उसको डाल देना भाई किसी के भी वाईफाई का नाम देख सकते हो मेरा जैसे ओपो और रीनो है जो कि मैं लिखता हूँ भाई अब और जैसा भाई ऐसे ही लिखना है टू। टू इधर आपको आगे की देना भाई, भाई सिंपली देख सकते हो भाई मैंने इंटर करने के बाद भाई आप देख सकते हो आगे इंटरफेयर आ चुका है भाई और भाई आपको इसमें पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है जो जो मैं बताऊं उसमें ही पासवर्ड मिल जाएगा भाई ये है ना भाई ये इसमें आपको पासवर्ड मिल जाएगा इसके भाई देख सकते हो भाई पूरा पासवर्ड ये भाई भाई देख सकते हो पासवर्डे भाई अगर आपको भाई ये ट्रिक मस्त लगी हो या फिर आपका पैसा पासवर्ड पता पड़ गया है तो भाई प्लीज भाई सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना भाई प्लीज़ कर देना भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ तो थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग